इस तरह के सारे फैंसी आइटम फैसी गारंटी वाली ज्वेलरी रहने वाली है हाँ हाँ। इसकी स्टार्टिंग सेवेंटी 75 रुपीज से स्टार्टिंग रहने वाली होती है इस तरह की आजकलिया वगैरह चलती है देखिए ये देखते पांच रुपया से अंदर क्या बात है फैंसी रबर्स वगैरह है देखिए बच्चों के साथ रबड़ा है ये देखिए फैसी रबर्स आपको मिल जाएंगे तो आई थिंक नहीं रहती है कोई नहीं होती ग्रीन टी के अंदर तीन रुपए का पीस रहने वाला है ठीक है सर इसमें बढ़िया मच्छे बढ़िया मिल जाएगा मेरे पास बढ़िया क्वालिटी चाहिए बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगा साढ़े सात रुपए का भी है दस रुपए का भी है बारह रुपये का भी पंद्रह का भी बात है सिंदूर के अंदर ऐसे आपको लाइनर मस्कार के अंदर वरायटी मिल जाएगी नेकलेस की वरायी आती है मेरे पास हाँ जी यहाँ स्टार्टिंग जाती है हाँ जी एक सौ का रहने वाला है सिर्फ दस रुपए का पीस रहने वाले यहाँ से सिर्फ दस का ये पीस रहने वाला है बहुत बढ़िया कलर के डिजाइन की बात कर दो काफी सारे कलर डिजाइन वगैरह मिल जाएंगे आपको चलिए सर इसके बाद आपको आता है इस तरह के आइटम देखे हाँ जी ये सौ अस्सी रुपए दर्जन का रहने वाला है सिर्फ पंद्रह का पीस रहने वाला है सर तर... पंद्रह तो खत्म नहीं हो जाएगा माल से अवेलेबल मिलेगा मेरे पास कोई स्टॉक नहीं है सारा अपना न्यू कलेक्शन हुआ चलिए देखिए हाँ जी इसके अंदर कान के वगैरह और चैन पेंडल के साथ आता है कलर वाइज बॉक्स के अंदर एक बॉक्स का मिक्स मिलेगा आपको जो भी मिलेगा ठीक है सर। ये आपको रहना दो सौ चालीस रहना सर बीस रुपये की बात का से पचास साठ रुपए आराम से होता है ठीक है देखिए हाँ जी सारा स्टोन के अंदर रहने वाला है कलर वगैरह डिजाइन वगैरह काफी सारे मिक्स बॉक्स में मिलने वाले क्या बात है एट की बात करे तो आपको यहाँ से पड़ेगा ट्वेंटी फाइव रुपीज का जी की बॉक्स का बॉक्स लेना बॉक्स का सारा जो भी होगा प्राइस मेरे पास होल प्राइस होगा ठीक है फैंसी दिखाऊंगा आप देखिए इस तरह आइटम मिलने वाली मेरे पास हाँ जी तीन सौ रूपये पे पच्चीस रुपए पीस इसमें डिफरेंट कलर डिफरेंट डिजाइन वगैरह ठीक है ऐसी से? रेंज बाइ आइटम वाइज रेंज बढ़ती जाएगी हाँ जी इस तरह के देखो आजकल चौकर सेट चल रहा है हाँ जी। इस तरह के सेट चल रहे हैं आजकल गोल्डन के अंदर गारंटी वाला है देखिए इस तरह के सारे फैंसी आइटमे जेवल गारंटी वाली ज्वेलरी रहने वाली है हाँ हा। इसकी स्टार्टिंग रेंज सेवेंटी फाइव रुपी से स्टार्टिंग रेंज रह रहने वाली होती है ओके। जी इसके बाद इस तरह की आइटम आ जाएंगे सारी इस तरह इधर फैंसी सारी जी ये सिक्सटी रुपीज का पर पीस रहने वाला है राइट सर जी इसके अंदर कलर की बात कलर वगैरह मिल जाएंगे okay. एक एक आज़ आज़ आपको जो भी दिखाऊँ सारेंसी कलेक्शन दिखाने वाला हूँ so, इसमें पास की मिल और आपको चोकर वगैरह के डॉक्टर चोकर सेट वगैरह मिल जाएंगे इसमें काफी सारी पार्टी वाले आइटम फैंसी इस तरह की अमेरिकन डायमंड के अंदर देखिए लुकिंग वाइज से आइटम है और आप देख सकते हैं देखिए कितना खूबसूरत आइटम रहेगा बहुत ही प्यारे एक फैसी आइटम दिखाने वाला हूँ देखिए फैसी आइटम लुकवाइज के अंदर कलर वाइज चाहिए कलर वाइज मेरे पास मिलने वाले आपके पास ऑप्शन रहे जी जी देखो एडी कलेक्शन के अंदर रहने वाली आइटम है देखिए हाँ जी प्योर एडी है बिल्कुल और ये देख सकते हैं प्योर एडी के अंदर रहेगा काफी सारी आप मेरे पास काफी सारी रेंज भी वराइटी भी काफी सारी आई हुई है मैं आपको तो एक एक नजर करा देता हूँ जी ये देखिए सर इसकी प्राइस की बात करे तो क्या रहने वाला जी बोले देखिए इस तरह के सारे फैंसी आइटमें ज्वेलरी गारंटी वाली ज्वेलरी रहने वाली है हाँ हा। इसके स्टार्टिंग रेंज से स्टार्टिंग रेंज रहने, रहने वाली होती है ओके। जी इसके बाद इस तरह के आइटम आ जाएंगे सारी इस तरह से फैंसी सारी जी सिक्सटी रुपीज का पर पीस रहने वाला है राइट सर जी इसके अंदर कलर की बात इसके अंदर कलर वगैरह मिल जाएंगे ये देखो एक से एक फैंसी आइटम आज आपको जो भी दिखाऊँ कलेक्शन दिखाने वाला हूँ इसमें की, पास की मिल जाएगी। और आपको बोल। चोकर वगैरह के डबे चोकर वाला चोकर साइड मिल जाएंगे इसमें काफी सारी पार्टी वे आइटम फैंसी इस तरह की अमेरिकन डायमंड के अंदर देखते लुकिंग वाइज से आइटम है और आप देख सकते हैं देखिए कितना खूबसूरती आइटम रहेगा बहुत ही प्यार एक फैसी आइटम दिखाने वाला हूँ देखिए फैसी आइटम लुकिंग वाइज के अंदर कलर वाइज चाहिए कलर वाइज मेरे पास मिलने वाले आपके पास ओके ऑप्शन रहे जी, जी देखो एडी कलेक्शन के अंदर रहने वाली आइटम देखिए हाँ प्योर एडी है बिल्कुल ये और ये देख, देख सकते हैं प्योर एडी के अंदर रहेगा काफी सारी आप मेरे पास काफी सारी रेंज हुई वरायटी भी काफी सारी आई हुई है मैं आपको सारी एक-एक सैंपल -एक नजर करा देता हूँ जी ये देखिए आपको चोकर के साइड की स्टार्ट हो जाती है मेरे पास सिर्फ मात्र ट्वेंटी ठीक है सर ये देखिए जी ट्वेंटी के अंदर अमेरिकन डायमंड अमेरिकन डायमंड रहे इसके अंदर कलर वगैरह छह कलर वगैरह मेरे पास अवेलेबल मिल जाएंगे इसके अंदर सात कलर अवेलेबल मिल जाएंगे आपको ठीक है ये तो ब्लैक कलर है ग्रीन है एलसीडी है रेड है मेहरू है रानी है फिरोजी है पर्पल है जी ये सारा स्टॉक है ना एडी के अंदर रहने वाला होता है बिल्कुल और ये आप देख सकते हैं ये देखिए सब एडी के अंदर रहेगा। फाइव रुपीज का रहने वाला है सिर्फ फोर्टी फाइव के अंदर स्टार्टिंग रही और ये देख सकते हैं इसमें कलर ऑप्शन देखिए आप लोगों को काफी सारा मिल जाएगा इसे वेस्टर्न जो है ज्वेलरी बोला जाता है सारे फैंसी फैंसी सारी फैसी आप देख पा रहे हैं सारे एक से मॉडल्स डिजाइन वगैरह सारे डिस्प्ले में जो भी है सारा डिस्प्ले में मेरे कर रखा है देखिए सर अगर हम इनके प्राइजेस की बात करें तो प्राइजेस इनके पास टू फिफ्टी टू एट्टी टू नाइन थ्री फिफ्टी तक इसमें प्राइस रेंज जाएगा ओके जी देखिए आजकल देखिए इसके अंदर ये देख सकते हैं है है। है। एक क्या बात है दो सौ पचास रूपए स्टार्टिंग रेंज रहने वाली ठीक है सर ये देखिए इस तरह के अंदर आपको दिखा देता हूँ हाँ जी ये टू फिफ्टी से रेंज स्टार्टिंग पूरा सेट है ये आप देख सकते है बहुत बढ़िया टू फिफ्टी रुपए सर जी इसके अलग आपको थोड़ी सी हेयर एसेसरीज भी दिखा देता हैं जैसे कलेक्चर्स वगैरह हुए प्रिंस वगैरह हुई बाकी ये देखो इंपॉर्टेंट आइटम है रबड़ के अंदर ये देखो ढेर सारी आइटम है एक एक रुपये से स्टार्टिंग इसके अंदर देखिए ये आप देख सकते हैं ये रुपये की रबड़ रहने वाली है देखिए इसमें काफ़ी सारी डिजाइन वगैरह कलर वगैरह काफी अलग अलग रिप्राइस का रहने वाला होता है मैं डायमंड जितना मेरे पास मिल जाएगा आपको आइटम रहने वाला है, हाँ है, है देखिये ये देख सकते पांच रुपये से स्टार्टिंग के अंदर क्या बात है केवल पांच रूपये से अंदर मतलब इन्हें ईयर रिंग्स इम्पोर्टेड सारा, सारा कास्टिंग ज्वेलरी आप लोगों को यहाँ मिल रहे हैं अगर हम लोग इयरिंग्स की बात करें तो देखिये इयरिंग्स में कलर ऑप्शन भी आप लोगों को मिलेगा प्राइस सभी पर मैंशन किया गया है सो प्राइजेस की टेंशन लेने का बिल्कुल जरूरत नहीं है यहाँ पर देख पा रहे हैं ऑल फेस्टिवल कलेक्शन देखिये आप लोगों को मिल जाएगा जी सर जैसा कि आप बात कर रहे थे सर हेयर एसेसरीज की तो हेयर एसेसरीज में क्या क्या रहेगा अपना इस तरह के अपनाचर वगैरह मिल जाएंगे हाँ जी ये मेरे पास से रहने वाले सब एक रुपए का पीस ओके साइज वगैरह मिल जाएगा ठीक है सर इस तरह बाकी इम्पोर्टेंट फैंसी अनब्रेकेबल कलेक्चर वगैरह मिल जाएंगे देखिये ठीक है सर इसमें बड़े साइज देखिए इस तरह से फैसी इसमें कल वही सारा कलर वगैरह मिक्स वगैरह मिल जाएगा बहुत बढ़िया जी ये देखिए अंदर कलेक्चर रहने वाला है ये देखिए कोरियन के अंदर रहेगा सर इनके प्राइस कितने से स्टार्ट होता है के पंद्रह रुपए बारह रुपए अठारह ऐसे अलग अलग प्राइस कराने रहने वाला है okay. बाकी सस्ता रेट सस्ती आइटम चाहिए मेरे पास बराबर शॉप में सस्ती आइटम भी है एक सौ रुपए डेढ़ डेढ़ रुपए के कलेचर स्टार्टिंग है अच्छा अवेलेबल ऐसा नहीं है सारे फैसी आइटम भी है बिल्कुल आइटम भी मिलेंगे सस्ती आइटम मिलेगी और आप ये देख सकते हैं जैसे बॉक्स पैकिंग की अगर हम बात करें फैसी कलेक्स की रेंज है मेरे पास बिल्कुल और ये सभी एक प्रीमियम क्वालिटी के रहेंगे और ये देख सकते हैं ये देखिए प्रॉपर प्रीमियम क्वालिटी के साथ रहेंगे मल्टी कलर में और ये जैसे सर बीट्स होते हैं बीट्स वगैरह है हाँ जी ये सस्ती आइटम होती है तो, एक एक का पैक, के अंदर रहने वाली होती है। और एक रुपए में देखिए छे छह पीसेज अंदर जो है बारह बारह पीसेज हाँ रहते हैं ऐसे देखो यहाँ पे बेल करो मिल जाए इसके कलर वगैरह मिल जाएंगे बैलकर ये भी एक रुपए डेढ़ रूपए दो रुपए ढाई रूपए से क्या बात है और ये देखिए फैसी रबर्स वगैरह है देखिए बच्चों के रबड़ वगैरह ये देखिए फैसी रबर्स आपको मिल जाएंगे बिल्कुल सर जी इसमें टिकटैक की बात करें देखिये फैंसी आइटम टिकट और ये देखिए पूरा जो है जैसे मॉल में बिकने वाले आइटम हैं। ये देखिए ये देखिए। कलर की बात करें डिजाइन की बात करें कोई आज कमी नहीं है आपको डिजाइन ले सकते हैं बड़ा साठ सकते और ये देखिए जी कलर ऑप्शन के पास कोई कमी नहीं है बिल्कुल डिजाइन वगैरह काफी सारा मिल जाएगी इसके और ये देख सकते हैं देखिए कितने सारे क्योंकि ये लोग डील करते हैं वेस्टर्न में सस्ते में प्रीमियम क्वालिटी में और ये देख सकते हैं स्टॉक की कोई कमी नहीं है स्टॉक मिलेगा अनलिमिटेड अब ये देखिए जी सब फैंसी आइटम मतलब मॉल में बिकने वाला कॉस्मेटिक आइटम बोल सकते हैं सर और ये, ये देखिए काफी सारे डिजाइन जैसे स्टार वगैरह हो गया बहुत बढ़िया बहुत सारे मिलेंगे आपके इधर क्या बात है बहुत अच्छी देखिए ये देखिए बहुत खूबसूरत जी तो चलिएगा उनके कॉस्मेटिक वाले आउटलेट पर क्यूँकी देखिये वेराइटी की यहाँ पर कोई कमी नहीं है पूरे पार्सल के पार्सल देखिये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं अब यहाँ पर जो भी रेंज मिलेगी आपको सीधा कॉस्मेटिक की रेंज मिलेगी तो चलिए चलते हैं अंदर की तरह सो so गाइज आप देखिए जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ज्वेलरी की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है और ये देखिए यहाँ पर कारीगरों द्वारा पूरा जो है ये सेट तैयार किया जा रहा है यहाँ पर पूरा रॉ मेटीरियल भी आप लोगों को मिल जाता है तो यानी कि आप कह सकते हैं कि सदर बाजार में आप एक मैन्युफेक्चर के पास सीधा आ रहे हैं तो जी सर अब इस सेक्शन में हमारा कॉस्मेटिक रहेगा पूरा जी सारा उधर सरा उधर हाँ जी दिखाईता हूँ ठीक है सर इस तरीके को एक एक रूपये के अंदर जी एक एक रुपए से स्टार्टिंग है सर कहा जाता है एक रुपए में पानी का ग्लास नहीं आता तो आप एक रुपए का नेल पेंट कैसे दे पा रहे हो ये मेरा ना मैन्युफैक्चरिंग है ये मेरे लाट का लाट आता है तो लाट के आपको बताइए पड़ता है जी. ये ये ये दो, दो रुपए के अंदर हाँ जी ऐसा आएगा चौबीस का रहने वाले सिर्फ दो तो रुपए के अंदर दो रुपए के अंदर बाकी ब्रांड में चीज सारे ब्रांड मिल जाएंगे मेरे पास एक फैसी ब्रांड मिल जाएंगे देखिए कोई ब्रांड की कमी नहीं है दो रुपए से लेकर के एक रुपए से लेकर के आपको पचास रुपए तक का पीस मिल जाएगा मेरे पास अवेलेबल ओके एक से एक फैंसी रहने वाली है देखिए ये देख सकते हैं जी हर ब्रांड के आइटम एक एक, एक, एक, एक गारंटी भी रहने वाली है एक एक साल की सुख नहीं गारंटी होती है वन ईयर गारंटी रहने वाली है जी मैक का ब्रांड रहने वाला है ये सारे करने डिड होती है तीन सौ पैसठ दिन सिर्फ एक साल की गारंटी है पूरे इसके पूरे एक साल की गारंटी आप लोगों को मिल जाएगी जी, जी। रेंज मेरे पास स्टार्ट हो जाती है ऐसे स्टार्टिंग है दो रुपये स्टार्टिंग रेंज है दो रुपए का सर इनकी कोई गारंटी तो आई थिंक नहीं रहती है ना गारंटी मैंने कोई okay. नहीं होती पी रहने वाला है ठीक है सर इसमें बढ़िया मच्छे बढ़िया मजा मेरे पास जी आइटम बढ़िया साठ रुपए पांच रुपए का पीस पांच रुपए का पीने वाला है बहुत सारी वराइटी लगी हुई जब आप यहाँ पे देखिये क्यूँकी एक वीडियो के माध्यम जो होता है सब डिस्प्ले होता है सब कुछ एक वीडियो के माध्यम से दिखाया भी नहीं जा सकता है ये देखो एक वरायटी मेरे पास साढ़े सात रुपए स्टार्टिंग है ओके नब्बे रुपए का बॉक्स है साढ़े रुपए का पीस सर साढ़े सात रुपए वाले में क्वालिटी क्या रहती है एक्चुअली जी वो तो क्या है? मेले वेले में चलती है आइटम है जी इसमें बड़ी अच्छी थर्टी आपको बढ़िया अच्छी ब्रांड बढ़िया अच्छी कंपनी का आइटम ये पूरी गारंटी चौबीस घंटे uh, की रहने वाली स्टे रहती है ठीक है सर ये आपको पैंतीस रुपए पीस रहने वाला यहाँ से जी इसकी स्टे के चौबीस घंटे गारंटी रहती है ठीक है मल की आइटम जी ऐसी आइटम है देखो दस का पीस है बिल्कुल ऐसे देखो बढ़िया और हल्के में पंद्रह का पीस है ये देख सकते ब्रांड में ब्रांड के बहुत सारी आइटम है जैसे ये विक्टोरिया जी बहुत बिकती है मार्केटिंग सबसे ज्यादा चलती है सबसे ज्यादा चलती है और आप खास बात ये देख पा रहे स्टॉक अनलिमिटेड है बड़े बड़े ब्रांड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं लिपस्टिक में बहुत सारी शेडेड मिल जाते हैं क्वालिटी मिल जाती है प्राइजेज मिल जाते हैं और ये देखिए गाँव के में बेचना है तो भी जैसे सर ने बताया की सस्ता चाहिए भाई सस्तों को भी वेलकम है प्रीमियम शोरूम खोलना है उनके लिए भी मतलब मॉल में ये वेरायटी रखनी है तो भी वेलकम है जी उसके बाद पाँच पाँच रुपए स्टार्टिंग है बढ़िया क्वालिटी बढ़िया क्वालिटी मिल जाएगा साढ़े सात रुपये का भी है दस रुपये का बारह रुपये का भी पंद्रह रुपये का, का भी है क्या क्या क्या क्या क्या बात है सिंदूर के अंदर ऐसी आपको लाइनर और मस्कार के अंदर ठीक है सर पांच स्टार्टिंग है लाइनर मस्का की वरायटी पांच रुपये पांच रुपये स्टार्टिंग है बढ़िया जितना मर्जी ले लो जी ये लाइनर थर्टी लाइनर सिर्फ पंद्रह का पीस रहने वाला है यहाँ से ठीक है सर आराम से मार्केट में पचास साठ रुपए रेट होता है जी लेकिन मार्केट में सर जैसे लोग दस दस रुपये बताते हैं इसका प्राइस और आप पंद्रह का बता रहे हैं हम खरीद भी नहीं आती नहीं तो मैं प्राइज बता रहा हूँ जेनविन प्राइज बता रहा हूँ जो प्राइस बताऊँ उ दो रुपए की देंगे अच्छा ये देख सकते हैं दो दो रूपए की जो हैं आपको आईब्रो पेंसिल्स भी मिल जाती हैं, ब्लीच भी मिल जाती हैं इधर फेशियल अपना साढ़े सात रूपए की ठीक है इस पर आराम से चालीस प्रिंट होता है अब जी? जिसमें से बाव, आप सेल कर सकते है। ठीक है सर इसमें बढ़िया कंपनी परसोनी वगैरह हो गया ब्लू हेवन वगैरह हो गया हाँ जी तुम्हारा हुड्डा ब्यूटी वगैरह हो गया मिल जाएगा परसोनी कंपनी का रहने वाला है जी इसमें भी आपको वेरायटी मिल जाएगी परसोनी के अंदर दो क्वालिटी आती है ठीक है सर ऐसे इसमें अपना ऐसे कॉम्पैक्ट और अच्छी स्टार्टिंग रेंज में मेरे पास दस रूपये से जी ये देखिए देखिये बिट्टी का स्टार्टिंग दस रूपये से ठीक है सर इसमें बढ़िया चीज़ परसोनी वगैरह चाहिए परसोनी वगैरह मिल जाएगा जी जिस तरह की आपको क्वालिटी चीज सारे मेरे पास अवेलेबल मिल जाएगी आपको ठीक, ठीक है बिल्कुल जी बिल्कुल इसके आपको थोड़ी साइट में इस तरह के आइटम मिल जाएगा हाँ, जी हमारे हाँ, हाँ. ओके आइटम मिल जाएगा तो यानी के कुल मिलाकर कह सकते हैं यहाँ पर मनिहारी से लेकर आपको जो है कॉरियन आइटम से लेकर ज्वेलरी से लेकर देखिए आप जैसे ब्राइडल ज्वेलरी की बात कर रहे थे तो ब्राइडल ज्वेलरी भी देखिये आप लोगों को यहाँ पर मिल जाती है बॉक्स के बॉक्स यहाँ पर मिलेंगे पांच हजार रूपए का छोटा सा मिनिमम ऑर्डर रहेगा छोटा सा ऑर्डर रहेगा सो आप लोग भी दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं स्टॉक अनलिमिटेड रहेगा वैरायटी की कोई कमी नहीं रहेगी सो आजकल सिर्फ इतना ही फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार